तो हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी बी टेक्निकल सपोर्ट में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि जो सी एस टी डिजिटल सेवा पोर्टल है उसके माध्यम से आप एल आई सी की इंश्योरेंस किस्त कैसे जमा कर पाएंगे और कितना कमीशन मिलता है मैं आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले आपको अपना इस डिजिटल सेवा पोर्टल लॉग कर देना है और कुछ इस तरह का एंट्रप्रेस आपको देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर इंश्योरेंस वाली सर्विस मिल जाएगी इसके ऊपर आपको चैन कर देना है जैसे इसके ऊपर आप चैन करते हैं तो यहाँ पर नया डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा दोस्तों इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने खुलकर आ जाएगा आपको यहाँ पर क्या करना है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है यहाँ पर और यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर LIC आई सी लाइफ इंश्योरेंस के यहाँ पर रीनेबल प्रीमियम का ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों यहाँ पर भी LIC का है लेकिन ये माइक्रो इंशोर इंश्योरेंस रीनेबल वाला ये आपको चैन नहीं करना है आपको सिर्फ़ और सिर्फ एल Renewal वाला प्रीमियम के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपको पॉलिसी नंबर और उसके मोबाइल नंबर फिल कर देना है दोस्तों एल पॉलिसी नंबर और जो मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको फेच डिटेल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर तेईस की यहाँ पर जो ये भरना है तो चलिए हम यहाँ पर पे कर देते हैं तो यहाँ पर हम पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एंटर वॉलेट पिन का ऑप्शन मिल जाएगा इसके ऊपर आपको वॉलेट पिन नंबर डाल देना है जो भी आपका वॉलेट पिन है वो डाल देना है और इसके बाद आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का ऑप्शन हो चुका है और इस तरह हमारे को डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा और इस तरह आपको जो एल की प्रिंट है इस ये देख लीजिए आपको यहाँ पर एल की ये रसीद आ चुकी है तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रीमियम कटा है टोटल वो यहाँ पर तेईस रुपए का कटा है दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ से आप इस रिसीप्ट को शेयर मेल पे भी कर सकते हैं और यहाँ से अनोदर और दूसरी पॉलिसी भी बढ़ सकते हैं तो चलिए हम मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कितना हमारे को कमीशन यहाँ पर मिला है तो इसके लिए हमें आ जाना है यहाँ पर तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस पासबुक वाला आइकन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से हम पासबुक चेक करेंगे तो यहाँ पर हम वॉलेट लेजर का ऑप्शन ले लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉलेट लेजर में यहाँ पर दोस्तों नेट काफी स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ी तो यहाँ पर देख देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर जो हमने पेमेंट किया था वो तेबीस रुपए का था लेकिन जो हमारे वॉलेट से डेडिकेट हुआ है वो तेईस सौ पैंतालीस रुपये है यानी चार रुपए हमारे को इस पॉलिसी के ऊपर मिलते हैं तो बड़ी पॉलिसी है तो बड़ा अमाउंट मिलेगा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक व शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि भविष्य में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले जय हिंद दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में